अरे खाईनी है जवानी के पुरिया ले जगना को अरे बाहिया में कचा अरे के मार ले को अरे सरवा कौन रे रे साले बहुत बहुत पूरी पूरी बने साले गाय के बने भोजपुरी गाये जिये मोर के साल पदार्थ रे ससुरा मिली तो मारी न अरे ना, के हो रुका, रुका। हाँ, हो हो कर कर कर साले पर हो अरे जब इसके बहु के कोई बिया के बात सुनता है ना तो शर्वा के अगला मही खड़ा हो जाता है पीछे से हाँ, om tararap om tarap ममानी के कोहरा फोड़ो कदुआ के खुश रहा कोरे में रहा में रहो रोदान क्या हाल चाल बा पंडित जी प्रणाम खुश रहो खुश रहो बाबू जोगाड़ के काबू करू दान दरवाजा खुलल की ना कौन दरवाजा कंपनी के मुझे तारो। तो तू लेकिन तुहर नाम तो रोदना कौन कंपनी के बात करेल पंडित जी ऊे जे बैठे रह लैका बनावे वाला लड़का बनावे वाला धीरे बोला धीरे बोल से तो पीछे लग्चा अच्छा अच्छा अच्छा धीरे बोला धीरे ठीक ठीक ठीक चाभी बाबू बाबूजी के डारा में रहेला बड़का चाभी वाला हथुन तोहर बाबू हाँ ठीक कहनी पंडी जी हम गलती कहो बोले ली सही सही है पूरा पर नाम ना करेले बात कहता नहीं के पंडित जी जाए सुधर जाए जीत रहा, जीत रहा। पर नाम अरे कहा जानी ससुरा कौन बारे रोदन और... अच्छा बाबूजी डा में के चाभी बान रा चा, चा, चा। पंडित जी के शरण में बहुआ कहले रही तोरा मिल के रह आशीर्वाद रही खुशी रहनाम जियत रह जियत रह तार के रस पियत रह बाबा की कही भाई हमारे बाबूजी फैक्ट्री वाला चाभी न बाके हमेशा डां में बउुआता देखता न देखता कैसे देखी बाबा से बा आशीर्वाद प्राप्त करो ऐसे थोड़े ना देखी ना देखी बाबा ऐसे कैसे देखी तो देखी भेलवा तुरंत आशीर्वादी बहुत दिन से सेवा हमारे एक नम्बर चक्का भोजपुरी सिनेमा की तू दूर रह तू भोखवाज आदमी ह एटीएम एटीएम एटीएम एटीएम कार्ड कार्ड ना ना ATM, ATM? दे दे तो ना ना ना ये अपने के के के बोल हमरा तू तू दे बाद में वो वाला बात दिक्कत नहीं के नो दिक्कत नहीं के सब ठीक सब ठीक ठीक एक, एक ले बोतला चाउल ठीक ना, थीक। कोनो दुकान नाम नुकान दिया। स्नो पाउडर कोई के जरूरत पड़े एकदम ले रख। हाँ हमारे मौकी कहत रहे की हमारा लिपस्टिक लेकिन के पड़ी आ, जब ब्याह कहनी चाहिए ना तनिका देह में शर्ट रहनी रहा हाँ हा हा सटत रह सटत आशीर्वाद चलो जय होियत रह जियत रह तारियत बाबू आए बाबा सब तू हमारा लगे आ गए तू हमार से तो, हर तो समस्या के निदान हमरा हमरा हमरा कर ही ही होई जरूर करी जरूर बाबा हम पंडित पूरा ऐसा बात सही आशा से लग हमारा तला खुलवा हाँ बाबा एगो काम कर बोलिन न आज गदेर के समय सजिया पहर अच्छा जब बीरा लुक जुक, लुक झुक झुक लुकझुक लुकझुक कर हाँ। तो के के, दे अच्छा तुहर तो बापो बिजी रही हाँ नही हाँ ये बात सही बाहि हमारा पांच मिनट लाग फटाफट अच्छा एक बार हम ताला हाँ बाबा बात है पोटेक्षन, है पोटेक्षन, है प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इतना है इतना गोलडी भी आई बाबा जरूर जरूर हो जरूर होई तू तू इतना लगा बात के बात करो ना कही ठीक बाबा ठीक बा नाम ना नबा ऐसे न करके चाहिए तो तो ससुराल हो में मिल लग आ, तो हम इतना मिलक रेहनत करोभा बाबा बाबा बांध काम होना जाए एकदम पक्का ले अब ये ले ले घोड़ी लेनी समय लेखे में आसान हुई तुरा तो दरवाजा की चाबी के दरवाजा खोले में हम तनिको लेट ना हुई सय वहा हम पहुँचल रह अच्छा ठीक बाबा पहुंच जरूर, पहुंच जरूर पहुँच अब तू जा हाँ। अब पीछे के ठीक जावाद हाँ। दी जा, जाता, जी, नहीं जी, जा, जाता नहीं बबा तो जाता तो तो लटकल के फेरा पंडितवा सब सेट कर जा अच्छा रतना के अरे बाप से तू चाय चल अच्छा से तलवार खोल दे चालू हो जाए बाबा रे राम रही मैं राम रही। तो कुछ है तो, तो लगला मारे कथी कथी यार चल चल जाऊ राम रहीम पर पंचायती पंचा ठीक है सारा बात अब खोल के बता जैसे-जैसे अच्छा। हमरा तो दुझाता की बुर्वक के गांव के हो मेहरा भूजाई लगा सोही तू बुर्बक के मेहरा गांव घर के भाजाई एहे पर होई पंचायती, पंडित जी के भी पंडित जी के से से के भी ती बतल बतल की हा, हा. हा, हा, तो हर तो हम समस्या रहे कि ना में समाज के सुन है जैसे हमारी है ना ना तो बड़ा समस्या रहे तो हम पंडित जी के फिर गेल भी गल तो पैसा ना रहे समस्या के तहाल बता देला दलन की पैसा न रह तो ससुराल में जे न मिलल री उ घड़िया खोल लेन ता अब वही तो कर... चुन घरे है कि बेरा तक बोला वह के के गांव भर होई अरे बेर के बेरिया कही ककरो अपना घरे ले जब कोई बात तो सही कहला भैया पंडित जी मूर्ख भाई बैठ तोरा पंडित जी पर पंचायती बैठा सुन ले पंडित हाँ तोरा सा विचार है चार तो चला पंडित जी पंचायती हो चला हमारा मानव सागर इंटरटेनमेंट का पूरा परिवार इस परिवार का आशीर्वाद दीजिए और ये आशीर्वाद सदैव आपके प्रति अलग तरीका ऐसी तौर तरीका ऐसी वीडियो लाता रहेगा बहुत बहुत आभार आपका धन्यवाद लाइक करना सब्सक्राइब करूँ शेयर करना ना भूल देखिए हम जो भी वीडियो बनाएंगे भैया उस समाज को मुख्य धारा में रखकर ही बनाएंगे और गाली ग्लौज का उपयोग नहीं करेंगे हालांकि हमारी भाषा जो है वो रहेगी ऐसी कि आपको एंटरटेनमेंट दे पाए लेकिन आप अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ बैठ के देख सकते हैं सुन सकते हैं और हमारा एक और निवेदन है कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब करे क्योंकि ये जो बुरबक के महरारू गांव भर के भौजाई जो आया है इसका दूसरा पाक आएगा और बवाल मचाएगा जय जय हिंद, हिंद।